अब आप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिटबुल और रॉडवीलर के ब्रीड को नहीं पाल सकते अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों दरअसल एक मामला ऐसे सामने आया है जहां एक पिटबुल ने अपने मालिक को काट लिया और उसकी वही तुरंत मृत्यु हो गई लोगों की सुरक्षा को देखते हुए गाजियाबाद के नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि पिटबुल और रॉड के ब्रिट को बैन किया जा रहा है मौजूदा समय में जिसके पास भी रॉडवीलर और पिटबुल है उनको तुरंत नसबंदी करानी होगी अगर किसी के पास बिना नसबंदी के पिटबुल और रॉडवीलर के ब्रिट को पाया जाता है तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी ऐसे ही वीडियो के लिए सिर्फ बने रहिए मेरे साथ दखल न्यूज़ पर